मैं देश भक्त मैं देश भक्त मैं देश भक्त कहलाता हूँ सेवा का फर्ज निभाता निभा देश का साथ निभाता हूँ मिट्टी का कर्ज चुकाता हूँ गरीब की सेवा धर्म मेरा सेवा का फर्ज निभाता हूँ की चढ़ फैला देशभक्त कहलाता हूँ भारत माता की मेरी देशभक्ति अभिमान है शौर्य का सम्मान है मां भारती का वार है शत्रु की निश्चित हार है देश की रत्त में जो दौड़े वो रक्त में कहलाता हूँ मैं देशभक्त कहलाता हूँ वंदे वंदे श्रद्धांजलि दुश्मन हो देश में यहाँ बाहर सब तो मेरी चेतावनी बहुत बड़ी कीमत उनको चुका दिल है पर लो है साथ साथ मैं बन जाता हूँ जब देशभक्त कहलाता हूँ विकास के रथ का सारती हूँ मैं गंगा घाट की आरती हूँ विश्वास हूँ मैं हर माँ का आशीर्वाद हर माँ का आशीर्वाद सच्चाई से जीता हूँ मैं भक्त हूँ ईमान का मेहनत करके खाता हूँ मैं भक्त का भी मानका देश प्रेम की लहर दिखे मैं उसके संग बह जाता हूँ मैं देश भक्त कहलाता हूँ चौकीदार है इसलिए नए भारत का नया वक्त कहलाता हूँ मैं देशभक्त कहलाता हूँ सेवा का फर्ज निभाता हूँ मैं देशभक्त मैं देशभक्त मैं देशभक्त कहलाता फिर कहला मोदी सरकार कमल का बटन दबाए भाजपा को जिताए